हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूट्यूब की एक नई प्रॉब्लम के बारे में तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या है उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा तो बहुत से लोगों को यूट्यूब पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है तो जब भी वो यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर अपलोड फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको और मुझे नहीं बल्कि बहुत से यूट्यूबर को आ रही है इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से लोगों ने मैसेज किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम लगभग सभी को आ रही है तो मैं इस पर वीडियो ही बना देता हूं ताकि और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी तो चलिए अब मैं आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड फेल्ड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता हूँ तो इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लेना है और YouTube ऐप को अपडेट करने के बाद आपको दोबारा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करना है तो हो सकता है कि YouTube ऐप को अपडेट करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर उसके बाद भी आपको यही प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसका दूसरा सोल्यूशन बता देता हूं तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है और अपने फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है तो जब आप ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपके फोन में जितने भी ऐप होंगे वो ऐप वहाँ दिखाई देंगे आपको तो अब आपको यहाँ पे YouTube ऐप को सिलेक्ट कर लेना है और YouTube ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से YouTube का डेटा क्लियर कर देना है और डेटा क्लियर करने के बाद आपको YouTube ऐप को फोर्स स्टॉप कर देना है उसके बाद जब आप इस ऐप को दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये दो सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिए अगर ये जो मैंने दो तरीके आपको बताए हैं अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अब आपको आगे कुछ भी नहीं करना है आपको यूट्यूब का अगला अपडेट आने तक इंतज़ार करना है जब यूट्यूब का अगला अपडेट आएगा तो उस अपडेट में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी और अगर आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है कि Chrome ब्राउजर से अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है जब YouTube का अगला अपडेट आएगा तो उस अपडेट में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तब तक आप अपनी वीडियो को Chrome ब्राउजर से अपलोड कर लीजिए